दोस्तों जब भी कोई इंसान YouTube पर आता है अपने YouTube चैनल क्रिएट करने की सोचता है तो उसके माइंड में गिने चुने ऑप्शन होते हैं जिसमें कुछ तो ऐसे है जिसमें बहुत कम कंपटीशन है और कुछ ऐसे होंगे जिसके बारे में आप पहली बार सुनोगे तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप YouTube पर आते हो तो क्योंकि जिस कैटेगरी में आप आने की सोचते हो उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर वन आइडियाज से वो है हाउ टू यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो कैसे होती है लेकिन जब बात आती है किसी भी चीज़ को कैसे करते हैं तो लोग उसे YouTube पर सर्च करते हैं तो इसमें आपके सर्च से भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं और इसी कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया का एक चैनल है हाउ टू बेसिक नाम से जिस पर 16 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ नेक्स्ट चैलेंज के वीडियोज़ इस तरह के वीडियोज़ भी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चलते हैं लोग क्या करते हैं वो चैलेंज लेते हैं कि दो मिनट में इतना सारा खाना खाएँगे एक ग्लास में दो चम्मच मिर्ची मिला के उस पानी को पियेंगे ऐसे ऐसे चैलेंज लोग लेते हैं और इस तरह के वीडियोज़ भी यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा चलते हैं नेक्स्ट है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है साइंस में इंटरेस्ट है तो आप इस पर भी चैनल क्रिएट कर सकते हो इंडिया का एक चैनल है वो क्या करते हैं अलग अलग चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जैसे लाइक like, uh, क्या होगा खो खो में हम मेंटो मिला दी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो इस तरह के वीडियोज पर भी दबा करके व्यूज आते हैं नेक्स्ट है गेमिंग इसमें कॉम्पिटिशन बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अगर आप इसमें कुछ नया कर सकते हो कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो तो ही आना अदरवाइज इसमें कॉम्पिटिशन बहुत नेक्स्ट है फैक्ट जब यूट्यूब की दुनिया में आते हैं और फैक्ट का नाम हम सुनते हैं तो फैक्ट का नाम सबसे पहले हमारे माइंड में आता है जिस पर सोलह मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है यहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है तो अगर आप इसमें कुछ नया कर सकते हो कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो तो इस फील्ड में कदम रखना है अदरवाइज़ इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है नेक्स्ट है हेल्थ चैनल लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि आपको इसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आप लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते सिर्फ पैसों के लिए तो अगर आपको अच्छे से नॉलेज है आयुर्वेदा का एलोपैथी का कोई तो ही आप इस पर चैनल क्रिएट करें अदरवाइज नेक्स्ट कैटेगरी पर हम आते हैं नेक्स्ट है ऑनलाइन अर्निंग पर अगर आपने इस पर चैनल क्रिएट कर लिया और इसको सक्सेसफुली ग्रो कर लिया तो इसमें इतनी अर्निंग होती है इतनी अर्निंग होती है कि आप सोच नहीं सकते आप लोगों को बताओ तो कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें लेकिन उसी के थ्रू आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है पता ही क्यों क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ पर सी बहुत ज़्यादा हाई होता है और इससे आपकी वीडियोज़ की अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और इसमें आपकी अर्निंग सिर्फ एडसेंस से नहीं होती बल्कि आपकी अर्निंग स्पॉन्सरशिप और रेफरल से भी बहुत ज़्यादा होती है आप सोच भी नहीं सकते इतनी अर्निंग होती है इस पे। लेकिन बात यही है कि आपको सक्सेसफुली चैनल ग्रूक करना पड़ेगा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्रीज कोई भी जगह हो फेमस प्लेस हो फेमस स्टेचू हो फेमस जंगल हो तो उसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो बनाकर आप डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर सकते हो बचपन में हम सब ने नैशनल और डिस्कवरी चैनल को जरूर देखे ही होंगे वो जो होती है वो डॉक्यूमेंट्रीज ही होती है तो वो कंटेंट आप यूट्यूब पर भी ला सकते हो नेक्स्ट है मोटिवेशन अगर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है आप अच्छा अच्छा लिख सकते हो तो उसे आप वॉइस रिकॉर्ड करके अच्छे से एडिट करके आप मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा